ना दिस दीना तेरे रे तेरी सारी नाराजगी देख के बिहेव तेरा वे दिल मेरा दंग रह जा नाराजगी आपको देखना तो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था और आपकी मोहब्बत आपकी मोहब्बत मेरी बेमानी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तजर् आपकी मोहब्बत ने मुझे मेरे अपने आप से मिलवाया वरना मैं तो अपने आपको पहचाने बगैर ही इस दुनिया से चला जाऊँ कैसी जुदाई है आँखर मेरी आई है मेरा दिल डूब रहा इस बस अब डूबने दो ये पहली बार हुआ ये क्यों एहसास हुआ मेरा दिल टूट रहा इस बस अब टूटने दो